मौत को हुसैन ने भी कैले लगाया तो छीद नही मौत ने आज फैसला होगा पास हो जाओ यह दुनिया तो लंबा नहीं है कि नशे अड्डे चलाओ चर्स अफीम हीरोन दे बत्कारी देडे चलाओ आज ऐ करता हूं छुरी चली इस्माइल पर अल्लाह ने निकाल लिया फिर दो हजार साल के बाद मेरे नबी के बाप की बारी लग गई लंबा के शायद टाइम खत्म है छुरी चलने लगी मेरे नबी के वालिद अब्दुल्ला पर अल्लाह ने निकाल लिया सौ ऊंट जबा करवाए और उनको निकाल लिया लेकिन छुरी ने चलना जरूर था लिए जमीन को पानी ना मिले तो वो सरसब्ज नहीं होती मेरे नबी के गुलशन को पानी की जरूरत है और थी और रहेगी तो मेरे नबी ने अपनी औलाद का खून पेश किया अपने सहाबा का खून पेश किया अपना खून पेश किया ओहद की वादी में आप खूनों खून हो गए